बॉलीवुड की फिल्मों में भारतीय पर्व त्योहारों और उनके रीति रिवाजों को बहुत ही खूबसूरती के साथ दिखाया जाता है फिर चाहे वो होली दिवाली और करवा चौथी क्यों ना हो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ पिक्चरों के नाम जिसमें करवा चौथ को एक ग्लैमरस अंदाज में बताया गया है देखिए मेरे साथ